ये ले, ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा बता साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तू कौन होता है फर्क करने वाला